इस इस YouTube पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में इंटर और रिलेटेड जो प्रोत्साहन राशि आवेदन आवेदन थी, थी, जो जो कि कि 1 जनवरी जनवरी 2023 2023 से स्टार्ट स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन आज 2 हो गई है, तो इस इसका जो है तो इसका भी स्टूडेंट इसल देखकर समझ ही गए होंगे बात करने वाला हूँ तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी छात्र इस वीडियो को देखने के प्रांत तक देखते रहें, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिल पाए और चलिए मैं चलता हूं आरकेटेक्निकल गुरु के ऑफिशियल वेबसाइट पे गुरु सोल्यूशन डॉट ब्लॉक पे यहाँ आएंगे तो लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक, एक थमनेल मतलब ये पोस्ट मिल जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक पास स्कॉलरशिप दो अंडर मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के से रिलेटेड जो है इस पे आएंगे तो यहाँ पे थंबनेल भी लगा दिया गया है इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें कि आप लोग बहुत अच्छा खासा प्यार दिया और उसी तरीके उसी प्रकार आप इस वीडियो पर भी प्यार दें और ज्यादा से ज्यादा जो कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन भी मिल पाए तो पहले बात थी कि मेगा सॉफ्ट पोर्टल के द्वारा जो है कि आवेदन होगी तो उससे रिलेटेड था और नया इन्फॉर्मेशन भी आई हुई थी जिससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाकर आप लोगों को दे ही चुका हूँ यहाँ पे उसका भी थमनेल लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का भी लिंक दे दू दे दूंगा कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन थी तो ठीक है इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है कि आवेदन स्टार्ट हो चुकी है उसका आवेदन कैसे करें हां और किस लिंक से करें और क्या क्या आवेदन में डॉक्यूमेंट की आवश्यकताएं हैं ठीक है उन सारी बातों पे आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तो जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया तक देखते रहे और साथ ही जो भी दोस्त तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है ठीक है और आप लोग जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के ले के लिए जो है कि लेकर लाऊंगा ठीक है तो इसी प्रकार जो है कि आप लोग उस वीडियो पे जैसा प्यार दिखाए थे उसी प्रकार इस वीडियो पे प्यार दिखाएं तो चलिए चलते हैं आर्केटेक्निकल के ऑफिसियल वेबसाइट पे यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पे थमनेल से यहाँ देख समझ ही गए होंगे साथ ही नीचे आएंगे नीचे आने के बाद यहाँ पे एक कटिंग भी दे दिया हूँ जो जिसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि मेगा पोर्टल के माध्यम से अब आवेदन नहीं होगा तो यहाँ नीचे आएंगे तो लिंक को एक्टिव कर दिया गया है तो देखेंगे यहां पे अप्लाई ऑनलाइन है ना तो यहां पे लिंक को एक्टिव कर दिया गया है तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है कि मेगासॉफ्ट जहां से आवेदन होना है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रिडायरेक्ट कर देगा तो रिडायरेक्ट करने के बाद जो है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन न्यू अपडेट हुई है तो वो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है ठीक है तो ये सारी डॉक्यूमेंट फुलफिल करेंगे ठीक है ये सारे चेकलिस्ट पे जो है कि क्लिक करेंगे इसी लिंक से आवेदन होने वाली है जैसे इस सारे चेकलिस्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे तो इस लिंक में अपना डिटेल्स सारा भरेंगे डिटेल्स भरने के पश्चात जो है ठीक है यहाँ पे सारा डिटेल्स सा आप करेक्ट भरेंगे कुछ भी डिटेल्स रॉन्ग नहीं डालेंगे रॉन्ग डालेंगे तो फिर आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा ठीक है कल्याण के द्वारा तो यहाँ पे आप आएंगे तो एक इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन क्या है इस पर आप लोग ध्यान दें इसमें लिखा हुआ नोटिफिकेशन में पोर्टल पर पंजीकरण के बाद कृपया विभागीय तथा बैंक बैंक से बैंक खाता के सत्यापन का इंतजार करें सत्यापन के पश्चात सही पाए जाने पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा आपको इस आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके कर अपने आवेदन को अंतिम रूप देना है न तथा समय समय समय पर, पर पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख देखना है तथा त्रुटि रहने पर ईमेल के माध्यम से सूचित करना है है ना अपने आवेदन को जो है कि अपने आवेदन को अंतिम रूप देने के 10 दिन के अंदर जो है अपने बैंक खाता को पोर्टल पर जरूर जांच कर लें कि वो सही है या नहीं है ठीक है कृपया यूज़र आईडी और पासवर्ड बैंक खाता आधार मोबाइल नंबर ई मेल किसी अन्य को शेयर ना करें यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि ये जब आप उस पोर्टल पे आवेदन करेंगे तो जब तक आपका अकाउंट बैंक के द्वारा वेरीफाई नहीं कर दिया जाएगा तब तक आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं भेजा जाएगा ठीक है तो यहां पे भी रेड में देखेंगे तो बैंक खाता विद्यार्थी के नाम का होना अनिवार्य है ठीक है और आ, है ठीक है अन्यथा पैसा नहीं भेजा जाएगा संयुक्त तो खाता की मान्यता नहीं है ठीक है तो आप अपने गार्जियन का अकाउंट नहीं लगा सकते हैं खुद का अकाउंट लगाएंगे ठीक है तो इसमें क्लियर कर दिया गया है कि जब तक आपका यूजर आईडी अंडर बैकएंड टीम के द्वारा वेरीफाई नहीं किया जाएगा तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं दिया जाएगा ठीक है तो आप यहाँ पे आएंगे इंपॉर्टेंट गाइडेंस में आएंगे गाइडलाइंस में ठीक है ये गाइडलाइन में आने के बाद जो है कि यहाँ पे कुछ मुख्य बिंदु दी हुई है उस पर भी आप हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे लिस्ट भी दे दी गई है कॉलेज वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज किस कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है और जिस भी स्टूडेंट का नाम अभी तक अपडेट नहीं हुआ इसपे तो अपडेट किया जा रहा है ठीक है एक से दस के बीच सारे स्टूडेंट का नाम भी अपडेट हो जाएगा जिस स्टूडेंट को आवेदन करना उसी स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट पे रहेगा ठीक है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट इस आवेदन को कर पाएंगे तो यहां पे आएंगे स्टूडेंट आर रिक्वाइर्ड है उसके लिए डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है बैंक अकाउंट होना चाहिए जो की स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए जिसमें आई कोड ब्रांच के द्वारा मैंशन किया गया होना चाहिए आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में नाम और अकाउंट में नाम मिसमैच नहीं होना चाहिए जो स्कूल में है वो सारा नाम मैच होना चाहिए मोबाइल नंबर ठीक है और मोबाइल नंबर रजिस्टर्डेंट फैमिली मेंजिस्टर्ड फर्दर एंड फ्यूचर कॉन्टेक्ट ठीक है तो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए ठीक है ई मेल आई डी भी एक्टिव होना चाहिए फैमिली मेंबर का नहीं होना चाहिए स्टूडेंट का खुद का होना चाहिए तो नीचे आएंगे एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, है ना एलिजिबल कैंडिडेट एज पर गाइड गाइडलाइंस है ना एडवरटाइजमेंट शुड बी फिल अप दिस्ट के माध्यम से वही स्टूडेंट इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं दूसरी बात आई एफ सी कोड ऑफ इलाहाबाद बैंक आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक देना बैंक ठीक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कॉमर्स ठीक है सिंडिकेट बैंक यूनाइटेड जो है ठीक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ठीक है विजया बैंक इज नॉट अलाउड मतलब ये भी बैंक अगर ये अकाउंट आपके पास है तो ये अकाउंट आपका अवेलेबल मतलब अलाउड नहीं है इसमें ठीक है तो ये अकाउंट अगर है तो आप ये अकाउंट नहीं दे पाएंगे अगर आपका इसमें अकाउंट नहीं है तो वो आवेदन आवेदन में आप अकाउंट दे सकते हैं क्योंकि इन सारी बैंकों का जो है आई कोड चेंज हो चुका है जिसके कारण विभाग को जो है कि मैच करने में दिक्कत और परेशानियां हो रही है ठीक है तो ये अकाउंट अगर आपके पास है तो ये नहीं देंगे आप नया अकाउंट जल्द से जल्द खुलवा लें क्योंकि आवेदन शुरू होने वाला है या फिर हो गया है ठीक है आवेदन शुरू हो ही चुका है और जिस स्टूडेंट का नाम है लिस्ट में वही स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं ठीक है थीके? तो बैंक अकाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ बिहार का होना चाहिए ठीक है प्लीज फाइनलाइज योर अप्लीकेशन आफ्टर द फिलिंग डिटेल्स ठीक है अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्ट वनली फाइनली जो है कि जो सबमिट करेंगे उसी का एक्सेप्ट होगा बाद में जो फाइनल नहीं करेंगे उसका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा ठीक है मतलब कि अगर सबमिट आप कर देंगे तो आपका जो डिटेल्स है वो डिटेल्स वेरीफाई दोबारा नहीं हो पाएगा ठीक है आवेदन करने के लिए मुख्य जो है कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी टाइप कर दिया है तो यहाँ से भी आप आकर चेक कर सकते हैं ठीक है फिल करने के लिए यहाँ पे देखें स्टूडेंट रजिस्टर्ड बाय द यूजिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर है ना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और ये सारा मतलब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए रजिस्ट्रेशन करेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद वैकअ टीम के द्वारा जैसे ही वो वेरीफाई हो जाएगा वेरीफाई होने के बाद स्टूडेंट लॉग करेंगे उसके बाद उस एप्लीकेशन को फाइनलाइज करेंगे फाइनलाइज करने के बाद उसका प्रिंट आउट रख लेंगे और जो है इसका वेरीफिकेशन बाय द बैंक पेमेंट बाय लॉग बिटवीन एक फरवरी दो से पंद्रह फरवरी दो मतलब की एक से पंद्रह के बीच जो है कि आपका बैंक अकाउंट को पूरा वेरीफाई कर लिया जाएगा और उसके बाद आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा यानी कि मैंने पिछला वीडियो में भी बता दिया था कि मतलब मार्च के पहले ही आपको आवेदन करने के पश्चात जो है कि आपका आवेदन जो भी अमाउंट है आपको अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी ठीक है कोई भी अगर टेक्निकल इश्यू हो रही है या फिर कुछ पूछताछ करनी है तो यह ईमेल मेल है एमके है ना मुक हेल्प इस पर आप जो है कि मेल करके आप अपनी परेशानियों को सुलझहा मतलब जो है कि उसका क्या आवेदन का क्या तरीका या फिर जो भी परेशानी है उससे आप संपर्क करके वो समझ सकते हैं ठीक है ठीके? तो आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है जिस स्टूडेंट का इस लिस्ट में नाम है वो स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं और जिस स्टूडेंट का नाम अभी तक नहीं है एड वो इंतजार कर लें एक से दस के बीच वो जरूर है कि अपडेट हो जाएगी ठीक है बस यही एक नोटिफिकेशन था आप लोगों के लिए आवेदन शुरू हो चुकी है आवेदन के लिए जो है कि आप लोग डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट की आधार कार्ड मैट्रिक का मार्कशीट कास्ट सर्टिफिकेट इनकम रेसिडेंस बैंक पासबुक मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ये सारी कुछ एडजस्ट कर लें और उसके बाद जो है कि आवेदन आप स्वसमय कर लें चलिए दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोगों तक पहुंचाना था आवेदन शुरू हो गया है सो समय आप लोग आवेदन कर लें और आवेदन के लिए जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी कर दिखा दूंगा तो आप आवेदन खुद से भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से भी घर से भी कर सकते हैं चलिए दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन था जो कि आप लोगों तक पहुंचाना था जो भी दोस्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब लेंगे कृपया सब्सक्राइब कर लें साथ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन मिल पाए चले दोस्तों इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा तब तक के लिए धन्यवाद